हेलो, हैप्पी संडे आई एम सो सो मच ग्रैटिफाइड आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट हार्ट फिल हैपीनेस एंड ग्रैटिट्यूड अदावत करम मेहरबानियाँ आप सभी का जिन्होंने आज इस मुकाम पर 3000 सब्सक्रिप्शन हो गए हैं और मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ जो मेरे संदर्भ में आए हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कहीं तो भी अगर मैं अपने जीवन का योगदान अपने एक्सपीरियंस का योगदान अगर मैं बच्चों को समझाने के लिए बच्चों के लिए कुछ एक टॉपिक या कंटेंट डेवलप करने में अगर काम ला रहा हूँ और वो आप तक पहुँच रहा है और अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो शायद अच्छी बात है यदि आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ाते हैं हम ट्रेनर हैं बेसिकली हम ट्रेनर का एक काम होता है कि हम शिक्षा दें और आपसे बार बार पूछें कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं है जिस तरह से आपको समझ में आता है और आप जब अच्छा करते हैं जो टेस्ट में मालूम पड़ता है अलग अलग प्रकार के हम टेस्ट लेते हैं और इनमें जब आपका समझ दिखाई देती है आप लोग की समझ दिखाई देती है आप अच्छा कर रहे हैं तो ये प्रगति है उस तरह से मैं चाहूँगा कि मेरे जीवन में भी ये एक एक कल्पना नहीं है ये एक सच्चाई है क्योंकि 27 अगस्त 2020 में जब लॉकडाउन शुरू था तब आ, मैंने उसी दौरान पे अपना एक प्रण किया था कि रोज़ एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा। इनफैक्ट मेरा वीडियो अपलोड करना मेरी जर्नी मई 2018 से शुरू हुई है एंड आई बिन कंटिन्यूइंग विद माय अपलोड्स एवरी डे इफेक्टिव ट्वेंटी अगस्त 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन्थ ऑगस्ट पूरे एक साल मैंने कोई भी दिन ना रुककर हर एक दिन एक वीडियो अपलोड किया है और बेसिकली आ, स्किल सेट्स किया है तो यदि आप वीडियो पे जाएंगे तो पी आर ओ में आप पाएंगे कि 490 ऑलमोस्ट 500 के आसपास वीडियोस बनाए हैं इसके अलग अलग प्लेलिस्ट लिस्ट हैं आठ प्लेलिस्ट में से जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है या तो मेरे रिसर्च किए हुए हैं स्किल फैक्ट्री ये प्लेलिस्ट में आता है इंटरव्यू सीरीज़ आता है इंस्परेशन एंड मोटिवेशन आता है जहाँ पर मैंने स्टोरीज़ एनालॉजीज़ एंडोसमेंट्स टेस्टिमोनियल्स ये लेने की कोशिश की है जहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइफ स्किल भी एक स्किल है जिसको मैं वहाँ छू रहा हूँ अदर देन एम्प्लॉबिलिटी स्किल्स प्रोफेशनल स्किल्स सोशल स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स ट्रांसफरेबल स्किल्स ये सब स्किल्स एग्जिस्ट होते हैं और ये कितनी बारीकियों से अलग अलग होते हैं ये मैंने कोशिश की है मेरे तरफ से समझाने की शायद हिंदुस्तान में ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सबसे ज़्यादा स्किल्स पर बात करते हुए दिखाई दे रहा है हाँ ये बात अलग है कि मेरा चैनल इंटरटेनिंग नहीं है शायद मैं इंटरटेनिंग नहीं हूँ इस शायद मैं ज्ञान दे रहा हूँ और ज्ञान किसे पसंद है शायद बहुत लोग को ज्ञान पसंद नहीं है लेकिन याद रखिए हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान जो कि यूथ कैपिटल कहलाता है ये सिर्फ आगे प्रोग्रेस इसी होगा जब हम सब स्किल्ड हो जाएंगे एक ही फ़र्क है चाइना और इंडिया में चाइना हमसे ज़्यादा स्किल्ड है हालाँकि उनकी पॉपुलेशन में भी लगभग वैसा ही है जैसा कि हिंदुस्तान में अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशंस देखेंगे और उनकी सीखने की इच्छा जिज्ञासा देखेंगे मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान बहुत दूर है चाइना से सिर्फ एक ही है एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि रिसर्च भी बताता है कि चाइना हमसे आगे इसीलिए है क्योंकि वो बहुत जल्दी जिज्ञासा खाता है चीज़ों को सीखने की और सीख लेता है स्किल्ड लेबर या स्किल्ड प्रोफेशनल्स सबसे ज़्यादा वहीं हैं इसीलिए शायद उनके देश में वन परसेंट ग्रोथ आज भी रहेगा हमारे इसमें और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो शायद विकासशील देश कहलाए डेवलपिंग नेशन कहलाए लेकिन उनके पास इतनी पॉजिटिव में ग्रोथ ही नहीं रहेंगी भले ही सिंगल डिजिट हो चाइना फिर भी वन करेगा ग्रोथ इंडिया शायद नेगेटिव पे जा रहा है और ये सिर्फ उभर के तब आएगा आने वाले दो साल में हर एक बच्चा हर एक स्टूडेंट हर एक जॉब एस्पायरेंट हर एक ऑन्टरप्रनर हर एक वानप्रनरस जो चाहते हैं कि वो एंटरप्राइजिंग बने उनके लिए मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ आप प्लीज स्किल्ड रहें आप भले ही मेरे प्लेटफॉर्म पे ना है मेरा प्लेटफॉर्म मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं बता सकता हूँ लेकिन कहीं भी आपको लगता है प्लीज़ जाइए क्योंकि हिंदुस्तान को आज ज़रूरत है हम सभी यूथ की जो उस कगार पर है शायद गवर्नमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पॉलिसीज़ हमारे लिए अपनी नौकरी ना दे लेकिन आज भी स्कोप बहुत है कुछ ना कुछ करने की जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अब इलेक्ट्रिकल वहीकल्स आने वाले हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स लगेंगे चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे और हो सकता है कि कन्वर्टर्स लगें ये सब शायद अगर हम उस विलेज तालुका लेवल तक पहुँचा पाए तो हमारे हर यूथ में ये दम है सिर्फ जानने पहचानने की ज़रूरत है और फंड्स तो बाद में आता पहले आइडिएशन आना चाहिए इसीलिए मैं स्किल पर इतना ज़्यादा जोर देता हूँ सी आई बिन टॉकिंग अबाउट स्किल्स आई बिन टॉकिंग अबाउट ओनली दो स्किल्स विच आर वेरी स्पेसिफिक एज सॉफ्ट स्किल्स और करियर स्किल्स आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट जॉब स्किल्स आई एम टॉ गोइंग बियॉन्ड एंड टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल स्किल्स एंड करियर स्किल्स तो दैट्स माई क्लियर एंगल एंड दट्स द रीजन आई हैव आई हैव रिटन अ बुक ऑल्सो विच इज गोइंग टू गेट पब्लिश वेरी सोम इट इज़ टेकिंग टाइम इट विल वॉट एवर टाइम इट विल टेक आई थिंक इट विल डेफिनेटली सी लाइट ऑफ द डे वेरी सोम बट मेरा आप सबसे आग्रह है कि मैंने जो कोशिश की है मेरे प्लेटफॉर्म पे यदि आप स्टूडेंट हैं तो शायद आपने देखना चाहिए यदि आप टीचर हैं तो आपको इसे बच्चों तक पहुंचाना चाहिए यदि आपको लगता है कि आप इस चैनल पे आए हैं और आपको कुछ नज़र आता है जो वैल्यू एडिशन है जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं दे रहा हूँ यदि आपको भी लगता है तो आपने सिर्फ एक ही काम करना है जितने ज़्यादा बच्चे आप पहुँचा सकते हैं इसे पहुँचाइएगा मंशा बहुत सिंपल है बच्चों को अंग्रेज़ी में इंटरव्यू देना होता है लेकिन वो हिंदी में वीडियो बनाने कहते हैं और उनके लिए लास्ट मिनट पर जैसे मेरे को कॉल आते हैं कि सर मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है मैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा बाकी सब स्किल्स सेट्स पर भी काम करना चाहता हूँ और इतने सारे वीडियोस बनाए हैं लगभग 190-200 वीडियोस सिर्फ स्किल फैक्ट्री और इंटरव्यू सीरीज़ में है जो सिर्फ़ आपको आपके जॉब रेडीनेस इंडस्ट्री रेडीनेस और करियर रेडीनेस के बारे में बात करते हैं इससे ज़्यादा और मैं क्या दे सकता हूँ एक एम्प्लॉयबिलिटी बड़ा शब्द है उसको मैं एक फनल में डालकर आपको तीन अलग अलग आयाम तीन अलग अलग पहलू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी कोशिश ये भी है कि आप अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो हर रविवार को 12 बजे से 1 बजे तक मैं इस चैनल पे लाइव आता हूँ और कोशिश करता हूँ बच्चों को वो समझाने के लिए जो वो सरलता से समझ पाए और ये एक मौका देता हूँ हर बच्चे को कि उनके पास जितने सवाल हो वो सवाल इस मंच पर आकर वो पूछे और अपने जवाब लेके जाए इसके अलावा यदि आपको और हेल्प लगती है तो मेरा फ़ोन नंबर है मैं आठ बजे के बाद हर हर रात को कम से कम एक दो बच्चे से बात कर सकता हूं करता हूं और इसके अलावा बाहर के कितने सारे कॉपरेट ट्रेनर्स हैं जो मेरे से पढ़ते हैं उनको भी मैं सपोर्ट करता हूं आज मेरे इस चैनल के कारण मेरी इतनी से तो भी ख्याति हुई है अगर मैं उसको अपनी मेहनत का फल समझूं तो आप तक पहुँचाना चाहता हूं कि मैंने इंटरनेशनल डी पाटिल स्कूल ने बुलाया है जो पाटिल कॉलेज ने बुलाया इंजीनियरिंग कॉलेज ने बुलाया जहां पर मैं अपना डिलिब्रेशन दे चुका हूं मैंने निदान ग्रुप को दिया है वाई सी सी कॉलेज को दिया है और ख़ास बात Uh, हाल ही में मैंने चिंतामणि कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस को भी एक नेशनल लेवल का वेबिनार दिया है और भले ही मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ भले भले ही मैं क्वालिफाइड काउंसलर नहीं हूँ लेकिन मेरे 25 साल के जीवन काल में जब मैंने अपने आप को झोंका है और जितनी भी तकलीफ़ों से चीज़ सीखी है आप देख सकते हैं मैंने कोशिश की है उसे अपने वीडियोज़ के फॉर्म में ला आपको दिखाऊँ और बताऊँ मेरी तरफ़ सिर्फ एक ही आपका जिम्मेदारी बनती है यदि आप फीडबैक देना चाहते हैं तो उस कंटेंट में दीजिएगा भले ही वो गुड बैड या अगली हो मेरे ख्याल से मैं हर चीज़ को लेने के लिए ले तैयार हूँ क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ मैं आज भी स्टूडेंट कहलाता हूँ अपने आप को लर्नर हूँ इसीलिए शायद मैंने पिछले डेढ़ साल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है और रिसर्च किया है मेरे इस कॉन्टेंट का डेवलपमेंट सीधा सीधा एक पोर्टल से आता है जो कि रिसर्च ड्रिवेन है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब उस रिसर्च कंटेंट को एक बार देखें और कम से कम इतना तो अब आप, आप बनता है आपका कि वो फीडबैक उस कंटेंट उस वहां पर यूट्यूब के कमेंट कॉलम में जाकर आप दे सकते हैं जिससे मेरी प्रेरणा बनी रहे हालांकि मैं बहुत साफ़ कहता हूं कि मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे मेरी मंजिल बहुत क्लियर दिखती है और मैं उस पर लग रहा हूँ लगा हुआ और छोड़ूँगा नहीं मेहनत मैंने की है और भी करूँगा और तब तक करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है इस चैनल का शायद लाइफ मेरे से भी ज़्यादा होगा क्योंकि ये जो कंटेंट है ये वहाँ पर है और आप सबके लिए है सिर्फ आप एक ही कोशिश कीजिएगा आप जो भी है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों तक पहुंचाइए क्योंकि मैं शायद आई आईआईटी के लिए नहीं बनाऊँ लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं सिर्फ ढाई से तीन लाख बच्चे सत्रह लाख बच्चों में से नौकरी पाते हैं बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शायद एक एनर्जी की ज़रूरत है एक डायरेक्शन की ज़रूरत है उनकी एनर्जी को चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है जो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक देना चाहता हूँ और यदि ये अंग्रेज़ी में है तो अंग्रेज़ी में है लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आता या फिर आपको तकलीफ़ है आपको खुलासा चाहिए तो मैं हर रविवार 12 से 1 बजे आता हूं और अपने चैनल में उन तमाम बच्चों को एड्रेस करता हूं ताकि उन बच्चों की समझ बेहतर हो और वो इंडिपेंडेंट बने मेरा एकमात्र गोल है कि मैंने जो सीखा है 25 साल के कार्यकाल में मैं बच्चों को वापस देना चाहता हूँ और इसी जद्दोजहद में मैं ये मेहनत को कभी रोकूँगा नहीं आपसे सिर्फ एक ही आग्रह है क्योंकि आप आज सुन रहे हैं और मेरे 3000 सब्सक्राइबर को पूरा होते ही मैं आपके पास पहुँचा हूँ ये कहकर कि मेरी मेहनत को आपको शायद एक और दिशा देनी पड़ देनी होगी और उसी के लिए मैं आग्रह करता हूं आप सबसे कि अगर आपको मेरा प्रयास मेरी मेहनत अगर सही दिशा में दिख रही है तो आप भी मेरे इस प्रण में जुड़ सकते हैं और जो मदद मैं करना चाहता हूँ हम सब मिल कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहेंगे और मैं अपने काम को इस दिशा में आगे बढ़ाता जाऊंगा धन्यवाद